के रीना के जय दिन में बाजिला को अपना कई वो दिन में कोई बाजिला मन रूप गुजर तू से कि जहाजू की तुहके तो छुते झटका लय के बाद बार कैस नो हके दिन में को <स्थारीण> कोई पड़ाला गावे लोए को जिया बहुत ना पड़ो या पनाबो दिलो साल। कहू अपना आगे सबके जाके तो देखे मैं <sweak>